हम इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लें, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद बिग जाएं। दुनिया को सुधारना है ना तो पहले खुद बिगड़ना पड़ता है और आपन तो छट्टी के बिगड़े हैं मिट्टी में ही सुधरेंगे समझे चलता है अपन लीवर में गुदगुदी हो रही है I'm waiting. And the last thing, till then no one can stop you. Come on, come on, Sultan. Till you don't defeat yourself. पहचान है ना उतनी तो मैं बिगाड़ के बैठा हूँ बस इतना बताना था मेरी जान राजा बिना रानी के भी राजा ही होता है बगैर ही अच्छे क्या मुसीबत? क्या मुसीबत है ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है वो भी हम नहीं सुधरेंगे कभी भी <laughs> तो मुंबई में बनो में कोशिश तो सबकी जारी है वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तब कोई बैठा ना रहे जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना अरे दुश्मनों से कोई खतरा नहीं जनाब बस अपनों पे नजर रखना तेरे भूलना ते ते तेरे जो मसाला मीटते नहीं तेरे मैणा बिचो दो पैगल लहनी नीट दे किसी को पता न मत बॉडी ऐसे बनती है बनाएगा नहीं कोई जिम जा रहा है बॉडी बनानी है डिसीजन ले लिया ना बॉडी बनाने का तो बस अब एक बात याद रखना दुनिया इधर की उधर हो जाए पर अब जो सोचा है वो